अरे आप कौन हो भाई आ, यम के है, हम, हम तुमको ले जाने है तुम्हारा धरती पे समय पूरा हो गया <laughs> अरे लेकिन हम तो चेकअप करा के आए थे डॉक्टर बोले थे कि आप एकदम स्वस्थ हैं आपको कुछ नहीं होगा अरे तो उसमें हम क्या करें तुम्हारा समय हो गया है अब तुम हमारे साथ चलो बस हम इतना जानते हैं चलो उठो। आगे आगे। हम नहीं जाएंगे। हमको जी लेने दीजिए अभी अरे भाई समय बहुत कम है जल्दी उठो तुम्हें लेके जाना है तुम बहुत गलत काम किया हो तुमको करैया में डाल के छान देंगे वही जगह जल्दी चलो और ये ईद का चुपचाप चलते हो कि बताएं तुमको ढकेल देंगे तो पलट जाओगे चलो जल्दी उठो <laughs> लीजिए हम अपनी जगह से से उठ गए लेकिन हमको एकदम मत उठा दीजिएगा धरती <laughs> अब अरे बाप रे रेता लग रहा है पागल हो गया क्या और ये, लग रहा है। ये पागल हो गया क्या मैं यहाँ से निकल लेता हूँ नहीं तो ये मुझको भी मार देगा तब तक दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा